मित्रों आजकल बहुत कॉमन देखा जाता है कि एंटीबायोटिक का रजिस्टेंस बढ़ रहा है और अमेरिका के नोबल पुरस्कार विजेता मेडिसन्स के क्षेत्र में उनको 2021 में मिला था डेविड जूलियस उनका भी इस पे चिंता उन्होंने व्यक्त की कि एंटीबायोटिक का रजिस्टेंस बहुत तेज़ गति से बढ़ रहा है और आने वाले दो तक 90 परसेंट से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट हो करेंगी अब आप देखेंगे कि जैसे कि प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी जो स्किन पे पिंपल्स होते हैं फेस के ऊपर वो उसी के कारण होते हैं और आप अगर क्रीम मार्केट से लाते हैं आप लगाते हैं आपने भी खुद देखा होगा कि कुछ दिनों बाद दोबारा से जब पिम्पल्स होते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा होते हैं ऐसे ही पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में हॉस्पिटल में पेशेंट होता है ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद फिर से इन्फेक्शन हो जाता है ऐसी अवस्था में क्लिप सेल निमोनिया पाया जाता है कि पेशेंट को निमोनिया हो गया था क्लिप सेल निमोनिया कॉज करता है तो इस तरह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं उनके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक का प्रभाव है पहले से कम हो गया है और नई नई बायो की आवश्यकता की अब ज़रूरत है इसीलिए आज एक प्लांट का हम बात करेंगे जो इनोवेटिव बायोफार्मलेसन्स बनाने में हेल्प कर रहा है सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के कम्बिनेशन के साथ इसका एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करते हैं इसको साधारण रूप से कुछ लोग ब्रह्मकमल कहते हैं लेकिन ये ब्रह्मकमल नहीं है ब्रह्मकमल सोसोरिया ओवलाटा होता है जबकि ये एपीफिलम है एपीफिलम ऑक्सीपेटलम इसको कहा गया है ये कैक्टेसी फैमिली का है इसके लीव्स आप देख रहे होंगे इसके लीव्स के मार्जिन में यहाँ से रूट डेवलप हो जाती है एडवेंसीस रूट्स यहाँ से डेवलप होती हैं इसमें आप क्लियरली देख पा रहे होंगे इसका जो लीव्स हैं यहाँ से इसमें रूट डेवलप होती है इसके जो लीव्स के माध्यम से इसमें पाए जाने वाले नीचे टूबर के माध्यम से और ये जिसका इसका जो इसका स्टेम है इसके माध्यम से इसका प्रोपेगेशन साधारण रूप से कर सकते हैं आप लोग और इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टोराइड्स सैपोनिन, फिनोलिक कंपाउंड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे बॉडी में और भी इम्यूनिटी को बढ़ाने इम्यूनोमोडुलेशन का कार्य करने में विशेष सहायक रहता है और अब आप देखेंगे कि जो इसके लीव्स होते हैं इसका आप पेस्ट बनाकर वुंड हीलिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं किसी घाव को भरने के लिए और इसके जो फ्लावर होता है वाइट कलर का जो फ्लावर होता है उसका हॉट इन्फ्यूज़न बनाएं उसका ड्रिंक करने से वो ना केवल न्यूट्रिशन की कमी को दूर करता है बल्कि हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है बदलते हुए मौसम में इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी हेल्प करता है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो कार्डियोटोनिक का भी कार्य करते हैं हृदय को बल देने का भी कार्य करते हैं उसको आप हृदय का बल बढ़ाने के लिए और इसके पेस्ट को घाव को भरने के लिए कई बार देखा जाता है कि डायबिटिक या पुराना पेशेंट अगर कोई है तो उसमें घाव नहीं भरते हैं ऐसे किस में इसके पत्तों का पेस्ट बनाकर लगाइए घाव भरने में विशेष सहायक रहता है और इसके फ्लावर्स का हॉट इन्फ्यूज़न ड्रिंक करने से आप जो है हर्ट को मजबूती देते हैं और इसका जो सूप बनाते हैं इसके लीव्स का फ्लावर्स का वो सूप भी न्यूट्रिशन देने का कार्य करता है और उसके अंदर वाचीकरण की क्षमता भी होती है एफ्रोडाइसिक के रूप में आप उसको इस्तेमाल करते हैं साथ ही वो इन्फ्यूज़न दो तरह से बनाया जाता है हॉट इन्फ्यूज़न और कोल्ड इन्फ्यूज़न हॉट इन्फ्यूज़न का मतलब होता है कि आप गर्म पानी के अंदर फ्लावर्स डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए फिर आप उसको सेवन कर लीजिए कोल्ड इन्फ्यूज़न में आपको नॉर्मल तापमान का पानी लेना होता है वो बनाया जाता है उसमें कोई बॉइलिंग इन्वॉल्व नहीं होती है तो इस तरह से आप इस प्लांट को बढ़ते हुए बैक्टीरियाज़ के रजिस्टेंस को कम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं खास तौर से अगर हमने आपको बताया सुडोमोनास ओरिजिनोसा प्रोप्योनी बैक्टीरियम एक्नी और क्लिप सेलिया निमोनिया जो कि बहुत ही घातक हो जाते हैं और बढ़ते हुए एंटीबायोटिक के रजिस्टेंस से निराकरण के लिए सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के साथ इसके एक्सट्रक्ट की इनोवेटिव फार्मूलेशंस बनाई जा रही हैं और जब तक कि ये मार्केट में आए उससे पहले आप अपना स्वास्थ्य संरक्षण के लिए इसके फ्लावर्स का इसके लीव्स का और इसके नीचे पाए जाने वाले टूबर का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आप अपने मित्रों को साथियों को प्लांट को शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ आप सभी का धन्यवाद प्रणाम